हेलो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला हर वर्ष फरवरी माह में लगता है पर कोरोना की वजह से इस वर्ष 35वां सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 19 मार्च 2022 से शुरू हो चुका है जो कि 4 अप्रैल 2022 तक चलेगा ट्रिप पंडित आपको मेले की पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं जैसे कि मेले की टिकट कहाँ मिलेगी मेले, मेले का टाइमिंग क्या होगा टिकट की कीमत कितनी होगी टिकट कहाँ से बुक होगी और सूरज मेले में आप ट्रांसपोर्ट के ज़रिए कहाँ से कैसे जा पाएंगे दिनांक 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक ये मेला चलेगा इसके टाइमिंग है दोपहर 12.30 बजे से रात 9.30 बजे तक सोमवार से शुक्रवार और वीकेंड पे सुबह 11.30 से रात 9.30 बजे तक शनिवार से रविवार और इसकी थीम इस बार है जम्मू और कश्मीर जो कि हर साल अलग अलग थीम्स होती हैं सोमवार से शुक्रवार पर टिकट की कीमत भारतीय रुपए में 120 है और वीकेंड और सप्ताहांत जो कि हिंदी में बोलते हैं पर टिकट की कीमत भारतीय रुपए में 180 है स्कूल कॉलेज के छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50 परसेंट की छूट है और आपको काफ़ी चेक करना पड़ेगा पड़ रहा होगा नेट पर की टिकट कहाँ से बुक होगी तो ऑनलाइन टिकट अगर आप बुक करना चाहते हो तो पेटीएम इनसाइडर करके ऐप है और उसका लिंक भी आप हमारे चैनल के लिंक में बायो में चेक कर सकते हो और वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हो और ऑफलाइन टिकट वहीं पे बुकिंग काउंटर है वहाँ से आप ले सकते हो सूरजकुंड मेले में आप कैसे जा पाएंगे कैसे पहुँचेंगे बस के द्वारा हरियाणा रोडवेज के द्वारा द्वारा चलाई बसों की समय सारणी हमारे नीचे दिए हुए लिंक के अंदर है पूरा टाइम टेबल हमने दिया है आप वहाँ से लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं और अगर आप दिल्ली एनसीआर के बाहर से आ रहे हैं तो अगर आप एयरपोर्ट हवाई जहाज द्वारा आ रहे हैं तो आप निकटतम हवाई अड्डा दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एर, सूरज इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मात्र पच्चीस किलोमीटर दूर है और अगर आप ट्रेन या रेल द्वारा आ रहे हैं तो दिल्ली निकटतम रेलवे जंक्शन है फरीदाबाद रोडगुंड और गुड़गांव गुड़ गुड़ दोनों रेलवे लाइनों के माध्यम से दिल्ली से जुड़े हुए हैं इनमें से प्रत्येक स्टेशन से कार या कैब या पर्यटक कोच द्वारा सूरज कुंड की यात्रा की जा सकती है